मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे रखो हाथ मेरे दिल पे कहो कभी छोड़ तो ना दोगे किसी और के मत होना तुम जीते जी मैं मर जाऊंगी जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगी